तो हेलो गाइज यार कैसे हो आप लोग बी ने मतलब अभी क्रिकेट पे इतनी छूट दे दी है कि मतलब एक क्रिकेट का डबल कर रहे हो लोग एक का डबल कर रहे और लोगों को भी मिल मेरा मतलब बहुत सारे क्रिकेट जमा हो जा रहे हैं सबके पास सौ सौ दो दो दो सौ क्रिकेट जमा हो जा रहे हैं तो अभी सब लोग मतलब मैंने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले तो उस पर मतलब मुझे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई ग्लेशियर की कोई ट्रिक बताओ या ग्लेशियर कैसे निकले तो भाई अभी के टाइम पे ना यार तुम ग्लेशियर निकाल ही नहीं सकते बी जी मतलब इतना बुद्धू भी नहीं है कि मतलब सबको फ्री में क्रिएट दे रहा है और ग्लेशियर भी दे देगा तो ऐसा इतना एड़ा भी नहीं है वो तो अभी के टाइम पे यार ग्लेशियर मत निकालो मतलब निकलेगी ही नहीं हाँ कुछ बंदों को निकल चुकी है पता है मेरे को क्या तुम कैसा निकल जा रही है लग रहता यार कुछ लोग का लेकिन अभी बोलते ना हंड्रेड अगर तुम लोग ग्लेशियर चाहिए ना भाई तो अभी मत निकालो अभी निकलेगा ही नहीं वो समझेगा हंड्रेड चांस नहीं है हाँ लेकिन अगर कुछ बंदे लोग को मतलब अगर अभी भी चाहिए तो भाई मेरे मानो तो सुबह साढ़े पाँच बजे के टाइम खोल सकते हो लेकिन क्या पता निकले क्या निकले लेकिन कुछ बंदे लोग का कमेंट आ रहा था मेरे को कि भाई मुझे निकल गई है और एक बंदे का कमेंट आया था भाई उसके लिए दिल से बुरा लगा यार बोला भाई मुझे नहीं निकली है ग्लेशियर चलो कोई बात नहीं ने, लेकिन नेक्स्ट टाइम निकल जाएगी भाई आपको भी और मतलब मैं बताता हूँ टाइमिंग क्या रहेगी और मतलब किस टाइम पर खुलना देखो भाई अभी ये रॉयल पास जाने वाला है समझेगा अभी मतलब आया है कुछ तीन हफ़्ते बाद चले जाएगा तीन हफ़्ते बाद या चार हफ़्ते बाद जो जाएगा ना तो जो नया आने वाला रहेगा ना उसके एक दिन पहले समझेगा उसके एक दिन पहले खोल देना और कब खुलना वाले में कहा रात को साढ़े ग्यारह बजे नहीं तो सुबह को साढ़े बजे खुलना समझेगा भाई और ग्लेशियर भाई निकलना ही निकलना लेकिन हाँ भाई एक दो किरेट का मतलब मैं बोल नहीं सकता क्या क्या बताए एक दो किरेट में निकल जाए लेकिन भाई हाँ इतना है कि अगर आपके पास 20, 25, 30 किरिएट हो रहेगी ना तो भाई एक ना एक करेट में तो भाई निकलेगी और सारा करेट है ना भाई टेन टाइम मत खोलना सिंगल सिंगल करके खोलना टेन टाइम में नहीं देता है मेरे भाई समझे क्या और मेरे दोस्त ने भी अभी मतलब कल के ही दिन ही खोला है किरेट और उसने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी तो देख लो यार उसको भी बेचारे को कुछ नहीं मिला उसने एक सौ खोला अस्सी करेट तक की वीडियो बनाया उसने और उसका दिमाग ख़राब हो रहा था तो बाकी वीडियो ऑफ कर दिया उसने और चालीस करेट ऐसे ही खोल दिया लेकिन कुछ नहीं निकला भाई उसको खाली दो लेजेंडर आउटफिट निकले भाई तो यार अभी के टाइम पे मतलब करेट मत खोलो लूडिया हो गया भाई मेरे पास भी क्रेट है लेकिन मैं जमा करके रखा हूँ तो यार अभी मत खोलो बेचारे के साथ भी धोखा हो गया और एक बार भाई का कमेंट आया था मेरे को क्या भाई उसको क्लेशियर निकल गई है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन यार और एक को भाई नहीं निकले तो भाई आपके लिए भुरा लगा यार लेकिन कर भी कह सकते यार मेरे भाई तो जब तक के लिए यार गाइज देखते रहना और क्या पता अभी तो यार मतलब खोलो ही मत कि जमा करो खाली लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम भाई आप लोग को भी निकल जाएगी और नहीं भी निकली तो यार क्या है क्या कुछ है थोड़ी ना ग्लेशियर में नहीं निकली तो यार बोल देना मेरे को मैं मैं भी क्या कर सकता हूँ यार इसमें चलो भाई जब तक के लिए यार चलते हैं यार और आने वाली वीडियो में भी तो यार भाई लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना यार और हाँ भाई पिछले वाली वीडियो अगर चेकआउट नहीं कि तो यार चेकआउट कर लेना यार बहुत मतलब अच्छा रिस्पांस दिखाया भाई आप लोगों ने तो यार सपोर्ट दिखाया रखना भाई चलो बाय बाय